कटनी में सुअरों में आफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि हुई है जिसको देखते हुए कटनी जिला प्रशासन ने स्वर पालन स्थलों को एपी सेंटर जोन घोषित कर दिया है एक किलोमीटर इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है बीमार पशुओं के सैंपल लेकर भोपाल की हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे गए थे जिसमें 10 जानवरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने के बाद अब कटनी जिला प्रशासन ने स्वर पालन स्थलों को उदभेद एपी जोन घोषित कर दिया है अब तक इस बीमारी से 85 से ज्यादा सूअरों की मौत हो चुकी है इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है वहीं जिला प्रशासन पशुपालन विभाग डोर टू डोर जाकर सूअरों की संख्या काउंट कर रहा है 30 दिनों के अंदर सूअर के परिवहन संबंधित डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं इंफेक्टेड जोन में सूअर मालिकों और उनके संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है सुअर के मांस को खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है कटनी के दो वार्डो को इन्फेक्शन जोन घोषित किया गया है वहीं मारे गए सुअर की उसके वजन के हिसाब से सुअर मालिक को आर्थिक सहायता दी जाने की बात कही गई है यहाँ पे जो जैसे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पॉजिटिव आया है उसके बाद से हमने तत्काल जो है टीम बन गठित की है दो जो इन्फेक्टेड जोन है तो दोनों के लिए एक, एक, एक अलग टीम और उसके एक से नौ किलोमीटर रेडियस में सर्वेलेंस टीम है वो दो का गठन हमारे द्वारा किया गया कलेक्टर साहब से आगा। आगा। और वहाँ पर सर्वे कार्य हमारा चल रहा है बहुत कुछ कंप्लीशन में ही है अभी हम और उसी के लिए बुलाए थे डॉक्टर साहब भी वहाँ से एम साहब को भी बुलाया मैंने पूरा मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं देखिए बेसिकली क्या होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी हमारे यहाँ आई है तो हमारे यहाँ पर चिकित्सा विभाग की टीम जैसे जानकारी मिलती है तो उन्होंने सैंपल यहां से कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करने के बाद पहली बार हो रहा है सत्ताईस तो तारीख को, को रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमारी यहाँ की टीम ने कलेक्शन किया पशु चिकित्सा विभाग की और इस सैंपल को जिस माध्यम से भेजा जाता भेज के रिपोर्ट एक तारीख को प्राप्त हुई उसके बाद फिर जो होता है कार्रवाई जो माननीय यहाँ के कलेक्टर महोदय होते हैं क्योंकि ये इस इस बीमारी में ये बाहर की बीमारी बीमारीउंड बाउंट बीमारी थी जो हमें यहाँ पहले नहीं होती थी, थी। इसलिए बड़े अच्छे से इसको कंट्रोल करने के लिए जो नियमक होते हैं वो डीएम कार्यालय से आदेश उपसंचालक संचालक माध्यम से जारी किए गए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का